नमस्ते डी के हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा उद्यमी योजना जो चालू की गई है जिसमें जो भी युवा हैं महिला हैं सभी कैटेगरी के, के जो भी आवेदक होंगे जिन्हें 10 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाएगा तथा जिसमें से पाँच लाख का लोन सब्सिडी के रूप में उनको दिया जाएगा यानी पाँच लाख के लिए ही उनको ब्याज देना है पाँच लाख माफ सरकार के द्वारा किया जाएगा इसके लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन उसका प्रारूप जो यूज़र मैनुअल है बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है तो हम यानी इस्टेप बाई स्टेप कैसे हम हमें फॉर्म को भरना है इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं तो यूज़र मैनुअल को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है तो चलिए हम सबसे पहले यूज़र मैनुअल को डाउनलोड करते हैं यानी उपयोगकर्ता पुस्तिका को या देख सकते हैं स्पष्ट भी दिया गया है नवीनतम गतिविधियां यह योजना 1 जून से शुरू होकर तीन महीने तक आवेदन स्वीकार करेगी योजना में पंजीकरण के पहले उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड कर के जरूर पढ़ें यानी फॉर्म भरने से पहले जरूर पड़े यहाँ दिया गया पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है जल्द ही नई पंजीकरण की तिथि घोषित की जाएगी यानी स्पष्ट कहा जा रहा है कि अभी फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ है लेकिन उपयोगकर्ता मैनुअल जारी हुआ है कैसे फॉर्म भरेंगे तो पहले से इसे देख लेना है तो यहाँ से ऑलरेडी हमने पहले ही डाउनलोड करके रखा है यूज़र मैनुअल को या आप चाहें तो यहाँ से ही डाउनलोड करके देख सकते हैं उपयोगकर्ता पुस्तिका पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड करें पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे या देख सकते हैं डाउनलोड का ये बटन आ गया देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी फॉर्म कैसे भरें यानी फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए जानकारी दी गई है पंजीकृत करने की प्रक्रिया आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र के प्रारूप को पूरा पढ़ लें एवं सभी जरूरी कागजात को साथ में रखें यानी जितने भी कागजात हैं सभी को साथ में रखना है आधार कार्ड में पंजीकृत फ़ोन नंबर ही यानी कह रहा है विभाग ये यूज़र मैनुअल कह रहा है आधार कार्ड में जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर होंगे वही मान्य होंगे अलग से कोई आप नंबर नहीं दे सकते हैं अन्य कोई फ़ोन नंबर मान्य नहीं हुआ पहले से पंजीकृत फोन और ईमेल आईडी आई डी मान्य नहीं होगी पहले से कोई आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है वो मान्य नहीं होगा देख सकते हैं नाम कैसे भरेंगे अपना प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम देख सकते हैं प्रथम और अंतिम नाम लिखना अनिवार्य मध्य नाम वैकल्पिक है देख सकते हैं दूसरा कह रहा है ईमेल आईडी भरना अनिवार्य है तीसरा कह रहा है यहाँ पर आधार कार्ड में पंजीकृत फ़ोन नंबर ही मान्य है अन्य कोई फ़ोन नंबर मान्य नहीं होगा स्पष्टता कह रहा है आधार कार्ड में लिखा हुआ पंजीकृत नंबर ही डालें यानी आधार नंबर यहां देना है जो उस पर आधार कार्ड पे लिखा हुआ है आवेदक के अनुसार अनुसार आवेदक का प्रकार चयन करना है किस कैटेगरी के, के हैं डाले गए फ़ोन नंबर पर ओ जाएगा जहाँ से देख सकते हैं पहले से खाता यदि है तो पहले से खाता है तो लॉग करेंगे जानकारी फॉर्म कैसे भरें ओ सत्यापित करने की प्रक्रिया अपने फ़ोन को सत्यापित कर लेंगे यहाँ से प्रथम चरण में अंकित किए गए फ़ोन नंबर पे भेजा जाएगा ओ डालें लॉगिन आप लॉगिन और पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड आपके डाली गई ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा पर भेजा जाएगा जानकारी फॉर्म कैसे भरें यहाँ आधार नंबर और आपका पासवर्ड जो है मेल आईडी पर भेजा गया पासवर्ड डालना लॉगिन कर लेना है यहाँ से लॉगिन करें यहाँ आपका खाता अपना खाता देख सकते हैं यहाँ अपना पासवर्ड बदलें पासवर्ड यदि बदलना है तो यहाँ से बदल सकते बदल सकते हैं खाता नहीं है तो यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी फॉर्म कैसे भरें यहाँ देख सकते हैं आवेदन का व्यक्तिगत जानकारी भरें यहाँ से आवेदक का नाम लिंग जन्म तिथि यहाँ देख सकते हैं पिता माता पति अभिभावक का नाम वैवाहिक स्थिति क्या है आवेदनकर्ता का पता क्या है ?get? फूल पता देंगे थाना क्या है ये सभी देंगे यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आवेदक का प्रकार आवेदन का प्रकार युवा उद्यमी है यहाँ से हम सिलेक्ट सेलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे जाति चयन करेंगे और उच्चतम शिक्षा शैक्षणिक योग्यता यहाँ देख सकते हैं शिक्षा का विवरण कैसे भरेंगे ये यह सब यहाँ दे रहा है आवेदक के शिक्षा का विवरण भरना है तो यहाँ से पंजीकरण संख्या ये देख सकते हैं शैक्षणिक विवरण जुड़ें दक्षता प्रशिक्षण कोर्स जुड़े हैं देख सकते हैं शिक्षा संगठन या देख सकते हैं यदि आवेदक ने कोई दक्षता प्रशिक्षण कोर्स किया है तो कोर्स का नाम देंगे सही अनुक्रमिक अंकित करें यह विवरण चेक किया जाएगा शिक्षा उत्तीर्ण करने का साल डालें या देख सकते हैं आवेदन द्वारा चयन किए गए विषय को अंकित करें आवेदन अपने प्रशिक्षण संस्था का नाम लिखें यानी ये जितनी भी जानकारियां हैं स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस फॉर्म का जो लिंक है वो डाल दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो उद्यमी पोर्टल जो जारी किया गया है न्यू पोर्टल उसका भी लिंक इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डाल दिया जाएगा और डाउनलोड करके यहाँ से भी आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं यानी जो उद्योग विभाग यहाँ पे देख रहे हैं होम पे जाएंगे होम पे जाने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे नेटवर्क स्लो होने के कारण देख सकते हैं होम पे जाने के बाद उपयोगिता पुस्तिका जो है उपयोगकर्ता पुस्तिका पे हम क्लिक करके अपना देख सकते हैं और टोटल जो भी है वो पढ़ लेंगे हम नेटवर्क श्लो है इस कारण से लोड नहीं ले पा रहा है धन्यवाद